थनतेरस में क्या खरीदा जाए इससे संबंधित भी इंडिविजुअल वीडियो हमने वृषभ राशि का बनाया हुआ है तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं नवंबर माह का राशिफल भी वृषभ राशि के जातकों का पड़ गया है और वार्षिक राशिफल 2020 भी वृषभ राशि का पड़ा है तो आप लोग जाइए और देख सकते हैं वृषभ राशि के जातकों देखिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हमने एक प्रयोग बताया था ऋग्वेद के उपाय को बताया था तो आप लोग आज कर सकते हैं आज का दिन आपका कैसा रहेगा तो आज आपका वैवाहिक जीवन बड़ा उमदा रहेगा जीवन साथी के साथ कई बाहर डिनर करने का आज आप लोग प्लान बना सकते हैं आज अगर आप किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो आपका काम पूरा हो जाएगा आज आपको किस्मत का भरपूर सहयोग मिलेगा भरपूर साथ मिलेगा ऑफिस में उच्चाधिकारियों से आज आपको फायदा होगा यदि आज आप बिजनेस करते हैं तो आज आपके बिजनेस में कई गुना वृद्धि होगी किसी पुराने वाद में पड़ोसियों के साथ कोई समझौता होता हुआ आज दिखाई पड़ रहा है आज आपका ध्यान संतान की ओर अधिक रहेगा परिवार में आज हंसी मजाक का जो है खुशनुमा माहौल रहेगा कारोबारियों को अत्यधिक धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा चूंकि शनि की ढैया चल रही है तो कोशिश कीजिएगा सुंदर का पाठ करिए और हनुमान जी को आज बेसन से बनी हुई कोई मिठाई अर्पित करिए सफलता आपके कदम चुमेगी निश्चिंत रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो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 है दीजिए इजाजत मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार